फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे क्रिएटिव हीरो के चैनल पर आज हम ब्लूटूथ शटर को दिखाएंगे आपको देखते हैं ये no. अच्छा है लाइट वेट है से कनेक्ट होता है स्मार्टफोन में भी